गलत है जो भी कर जानी पर देख तेरे बिन मर जानी मर जागे मर जांगे ले सुबाल तेरा हो जाऊ मैं किसी और कहूं फिलहाल तेरा हो जाऊ मैं किसी